कक्षा ग्यारह जीव विज्ञान अध्याय तीन वनस्पति जगत पिछले अध्याय में हमने आर एस अम्बेडकर द्वारा उन्नीस सौ में सजाए गए सजीवों के प्रमुख वर्ग के विषय में पढ़ा था इसमें उन्होंने पांच जगत किंगडम पांच जगत यानी किंगडम मनोरा प्रतिष्ठा फंजाई एनिमलिया तथा प्लांटी सुलझाए थे इस अध्याय में हम पलांठी जगत जिसे वनस्पति जगत भी कहते हैं तो के बारे में तथा वर्गीकरण के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे हमें यहाँ पर इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि वनस्पति जगत के विषय में समय अनुसार परिवर्तन आया है पंजा कवक तथा तो मुनेरा तथा तो वर्ग के सदस्य जिनमें कोशिका भित्ति होती है और प्लांटी वर्ग से निकाल दिए गए हैं यद्यपि वे पहले दिए गए वर्गीकरण के अनुसार एक ही जगत में होते थे इसलिए साइनो जिन्हें धारित शहवाल कहते हैं कहते थे अब शहवाल नहीं है इस अध्याय में हम प्लांटी के अंतर्गत शहवाल बोफाइट टेलीडोफाइट जिम्नोस्पर्म तथा तो एनजीओ के विषय में पढ़ेंगे और इस तंत्र को प्रभावित करने वाले बिंदुओं को समझने के लिए एनजीओ स्पर्म के वर्गीकरण को देखें पहले दिए वर्गीकरण में हम आकारी के गुणों जैसे प्रकृति रंग पत्तियों की संख्या तथा तो आकृति के आधार पर वर्गीकरण करते थे वे मुख्यतः कायिक गुणों अथवा की रचना के आधार पर हैं तथा तो लिनियस के अनुसार ऐसे वर्गीकरण कृत्रिम थे क्योंकि उन्होंने बहुत ही समीप वाली संबंधी स्पेशज को अलग कर दिया था इसका कारण था कि वे बहुत ही कम गुणों पर आधारित थे कृत्रिम वर्गीकरण में कायिक तथा लैंगिक गुणों को समान मान्यता दी गई थी यह अब स्वीकार नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि कई में पर्यावरण के अनुसार परिवर्तन हो जाता है इसके विपरीत प्राकृतिक वर्गीकरण जीवों में प्र, प्राकृतिक संबंध तथा बाह गुणों के आधार पर बाह गुणों के साथ साथ भितरी गुणों जैसे रचना शरीर शारीर भूर्ण विज्ञान तथा पाद रसायन के आधार पर विकसित हुआ है पुष्पादकों के इस वर्गीकरण को जॉर्ज ब्रंथम तथा जोसेफ डाल्टन हुकर ने सुझाया था वर्तमान में हम जातिवृत्तीय वर्गीकरण तंत्र जो विभिन्न जीवों में विकास संबंध पर आधारित है को स्वीकार करते हैं इससे यह पता लगता है कि समान टैक्सा के जीव के पूर्वज एक ही थे अब हम वर्गीकरण की कठिनाइयों को हल करने के लिए विभिन्न सूचनाओं तथा अन्य स्रोतों का उपयोग करते हैं यह तब और भी कठिन है हो जाता है उसके पक्ष में कोई भी जीवाश्मी पर, परमाण उपलब्ध न हो संख्यात्मक वर्गी की जिसे अब सरलता से कंप्यूटरीकृत किया जा सकता है सभी अवलोकनीय गुणों पर आधारित है सजीवों के सभी गुणों को एक नंबर तथा एक कोड दिया गया है और इसके बाद इसे प्रोसेस किया जाता है इस प्रकार प्रत्येक गुण को समान महत्व दिया गया है और इसी समय सैकड़ों गुणों को ध्यान में रख सकते हैं आजकल वर्गीकी भ्रांतियों को दूर करने के के लिए कोशिका के कोशिका सूचनाओं जैसे क्रोमोसोम की संख्या रचना व्यवहार तथा वर्गीकी वर्गीकी के वर्गी जो पदकों के रासायनिक कड़कों का उपयोग करते हैं तीन दशमलव एक शैवाल शैवाल कलोरोफिल युक्त सरल था स्वपोषित तथा मुख्यतः जलीय अलवनीय जल तथा तो समुद्री दोनों का जीव है वे अन्य आवास जैसे नमयुक्त पत्थरों मिट्टी तथा लकड़ी में पाए जाते हैं मिट्टी में भी पे, लकड़ी में भी पाए जाते हैं उनमें से कुछ कवक लाइकेन तथा प्राणियों के संगठन में भी पाए जाते हैं जैसे स्थल रिछ के माप तथा आकार में बहुत विभिन्नता होती है ये नहीं है नहीं है और अलैंगिक तथा लैंगिक जनन करते हैं लैंगिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है इसके प्रत्येक खंड से थैलस बन जाता है लैंगिक जनन विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं द्वारा होता है सामान्यतः ये बीजाणु जुसपोर होते हैं इनमें कशाबिक फलजिला होता है और ये चलायीमान होते हैं अंकुरण के बाद इनसे पौधे बन जाते हैं लैंगिक जनन में दो युग्मक संगलित होते हैं ये युग्मक कशाविक युक्त फलेजिला युक्त तथा माप में समान हो सकते हैं जैसे यूलोथरिक्स फलसिला विहीन लेकिन समा, ए, समान माप वाले हो सकते हैं जैसे ऐसे जनन, जनन को समय कहते हैं जब विभिन्न भी माप के वाले दो युग्मित होते हैं तब उसे असमयुग्मी कहते हैं जैसे युडोराइना की कुछ स्पीशीज स्पेशीजमयुग्मी लैंगिक जनन में एक बड़े अचल स्थानिक मादा युगमक से एक छोटा चलायमान नदीयुगमक सम्मिलित होता है जैसे वॉलवॉक्सूक शैवाल वर्ग तथा उनके महत्वपूर्ण गुणों का सारांश तालिका में दिया गया है मनुष्य के लिए शैवाल बहुत उपयोगी हैं। पृथ्वी पर प्रकाशन श्लेषण के दौरान कुल स्थिर कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग शैवाल स्थिर करते हैं प्रकाश प्रकाशी जीव होने के कारण शहवाल अपने आसपास के पर्यावरण में घुलित ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाते हैं बढ़ा देते हैं यह ऊर्जा के प्राथमिक उत्पादक होने के कारण बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जलीय प्राणियों के खा, खाद्य चक्रों का आधार है तथा सरगसम की बहुत सत्तर स्पेशीज प्रजातियां में से है भोजन के रूप में उपयोग की जाती हैं। कुछ समुद्र समुद्री भूरे तथा लाल शैवाल बहुत ही अधिक पैरागिन लाल शवाल से का उत्पादन करते हैं जिनका व्यावसायिक उपयोग होता है जिलेटियम तथा ग्रेसिलेरिया से एका, एकार प्राप्त होता है इसका उपयोग सूक्ष्म जीवों के संवर्धन में तथा आइसक्रीम और जेली बनाने में किया जाता है क्लोराला तथा स्प्रूलाइना एक कोशिका तवाल हैं। इनमें प्रोटीन मात्रा में होता है यहाँ तक कि इसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भी भोजन के रूप में करते हैं शैवाल प्रमुख भागों में विभक्त किया जाता है कलोरो तथा रोडोफाइसी तालिका तीन दशमलव एक शैवाल के अनुभाग तथा उनके प्रमुख अभिलक्षण क्लोरोफाइसी सामान्य नाम हरे शैवाल प्रमुख वर्णक क्लोरोफिल ए तथा भी संचित भोजन स्टार्च कोशिकावित फलजिला की संख्या तथा उनकी निवे, निवेशन की स्थिति दो से आठ सामान्य शीर्ष आवास अलवन जल लवनीय जल खाड़ा जल फाइसी सामान्य नाम भूरे शैवाल प्रमुख वर्ण वर्णक फिल ए सी फ्यूकोजेंथिन संचित भोजन मैनिटोल लेरियन कोशिका भित्तील्यूलोस तथा एलजीन फ्लेजिला की संख्या तथा उनकी न, निवेशन की स्थिति दो असमान असामान्य पार्षणीय आवास और लवण लवण जल बहुत कम खारा जल लवनीय जल रोडोफाइसी सामान्य नाम लाल शैवाल प्रमुख वर्णक क्लोरोफिन ए टी फाइको एरीथरीन संचित भोजन फ्लोरिडी ऑन स्टार्च फ्लोरिडी ऑन कोशिका वित्तीलोद फले जिला की संख्या तथा उनकी निवेशन की स्थिति अनुपस्थित है। आवास है जल कुछ खरा जल है, लवण जल के अधिकांश तीन दशमलव एक दशमलव एक क्लोरो क्लोरोफाइसी के सदस्यों को पढ़ाई हरा सहाल कहते हैं ये एक को, कोशिकलोनियम अथवा तंतुमयी हो सकते हैं क्लोरोफिल ए तथा बी के प्रभावी होने के कारण इनका रंग हरी घास की तरह होता है सुस्पष्ट में होते हैं डिस्क प्लेट की तरह अथवा के के आकार के हो सकते हैं। इसके अधिकांश सदस्यों को आ, सदस्यों के कलोरोप्लास्ट में एक अथवा एक से अधिक पायरिन होते हैं पायरी स्ट्रच होते हैं कुछ सवाल तेल बुंदक के रूप में भोजन संचित करते हैं हरिश्यवाल में पढ़ाया एक कठोर कोशिका भित्ती होती है जिसके भीतरी सतह सिलोज की तथा बाहरी सतह पेक्टोज की बनी होती है कैक जनन पढ़ाया तंतु के टूटने से अथवा विभिन्न प्रकार के बीजाणु स्पोर के बनने से होता है अलिंग जनन पलजिलायुक्त जूसफोर से होता है जुसपोर जूसपोरजिया चल बीजाणुधानी से में बनते हैं लैंगिक जनन में लैंगिक कोशिकाओं के बनने में बहुत विभिन्नता दिखाई पड़ती है ये समय असमयुग्मी अथवा विषमयुगमकी हो सकते हैं इसके सामान्य सदस्य मोनास, वॉलवॉक्स विलोथ स्पाइरो तथा काड़ा हैं। चित्र तीन एक ए में तीन दशमलव एक दशमलव पीओफाइसी अथवा भूढ़े शैवाल मुख्यतः समुद्री आवास में पाए जाते हैं उनके माप तथा आकार में बहुत विभिन्नताएँ होती हैं ये सरल शाखित तंतुमय एक्टोकार्पस से लेकर सघन शाखित जैसे कल्प तक हो सकते हैं कल्प की ऊंचाई 100 मीटर तक हो सकती है इनमें क्लोरोफिल ए सी कैरोनवाइड तथा जैंथोफिल हो, होता है इनका रंग जैतूनी हरे रंग हरे से लेकर भूरे के विभिन्न शेड तक हो सकता है ये शेड़, ये शेड, शेड की मात्रा पर निर्भर करते हैं इनमें जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन संचित होता है यह भोजन लेमिनेरियन अथवा मैनिटोल के रूप में हो सकता है काय की कोशिका में सेल्यूलोज से बनी कोशिका भित्ती होती है जिसके, बारे जिसके बाहर की ओर एलजीन का जिलेटिन स्तर होता है प्रोटोप्लास्ट में लवक के अतिरिक्त केंद्र में रसदानी तथा केंद्रक होते हैं संलग्न द्वारा अदा अस्तर से जुड़ा है और इसमें एक तथा पत्ती की तरह का प्रकाश प्रकाशी अंग होता है इसमें कायिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है अलैंगिक जनन नाशपाती के आकार वाले दो फल जूसपोर द्वारा होता है इसके फल जी, फलजिला आसमानी आस्म, होते हैं तथा वे पार्षणीय रूप से जुड़े होते हैं इसमें लैंगिक चलन समय असमयमकी तथा विषमयुग्मकी हो सकता है युग्मकों का संगम जल में अथवा अंड धनी विषमयुग्मकी स्पेश प्रजाति में हो सकता है युग्मक युगमक पायरीफॉर्म नस्पाति आकार की होती है और इसके पा, पाशर्व में दो फलेजिला होते हैं इसके सामान्य सदस्य एक्टोकार्पस डिकसम तथा है। तीन द, चित्र तीन दशमलव एक बी तीन दशमलव एक दशमलव तीन रोडोफाइसी रोडोफाइसी लाल शैवाल हैं। इनका लाल रंग लाल वर्णक आर फाइको एडिथरीन के कारण है अधिकांश लाल शैवाल समुद्र में पाए जाते हैं और इनकी बहुलता समुद्र के गर्म क्षेत्रों में अधिक होती है ये पानी की सतह पर जहां अधिक प्रकाश होता है वहां भी पाए जाते हैं और समुद्र की गहराई में भी और जहां प्रकाश कम होता है वहां भी पाए जाते हैं लाल शैवाल का लाल थैलस अधिकांशतः बहुकोशिक होता है और इनमें से कुछ की संरचना बड़ी जटिल होती है भोजन फ्लोरिडियन फुलो, स्टार्च के रूप में संचित होता है इस स्टार्च की रचना एमाइलो प्रोटीन तथा गलाइक्रोजन की तरह होता है इसमें काय जनन विखंडन अलैंगिक जनन अचल स्पोर बीजाणु और लैंगिक जनन अचल युग्मकों द्वारा होता है लैंगिक जनन विषम युग्मकी होता है और इसके पश्चात निशेच विकास होता है इसके सामान्य सदस्य पोलीफाइफोनिया पु, ग्रेसीलेरिया, पोलफाइडा तथा जिलेडियम हैं चित्र 3.1 एक सी तीन दशमलव दो बड़ायों फाइट, बड़ायों फाइट में मॉस्ट तथा लिवर आते हैं जो पड़ाया पहाड़ियों में नम तथा छायादार क्षेत्रों में पाए जाते हैं चित्र तीन दसन, को पादप जगत के जलस्थल चढ़ भी कहते हैं क्योंकि ये, ये भूमि पर भी जीवित रह सकते हैं किंतु लैंगिक जनन के लिए जल पर निर्भर करते हैं ये पढ़ाया नम शिल आद्र तथा छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं ये अनुक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इनकी पादपकारी सेवा की अपेक्षा अधिक विभेदित होती है यह थैलेस की तरह होता है और श्यान अथवा सीधा होता है और एक कोशिक तथा बहुकोशिक गुलाब द्वारा सबस्टेट से जुड़ा रहता है इनमें वास्तविक मूल्य तना अथवा पत्तियां नहीं होती इनमें मूलसम प्रतिशम अथवा तनासम संरचना होती है ब्रायोफाइट की मुख्य काय अगुणित होती है ये युग्म उत्पन्न करते हैं इसलिए इन्हें युग्मिद युगमकोभिद कहते हैं बायोफाइट में लैंगिक अंग बहुकोशिक होते हैं नर लैंगिक अंग को पुंधानी कहते हैं ये द्वी कशाबिक पुमंग उत्पन्न करते हैं मादा जनन अंग को स्त्री कहते हैं यह फलास्क के आकार का होता है जिसमें एक अंड होता है बुमंग को पानी में छोड़ दिया जाता है, ये स्त्री धनी के संपर्क में आते हैं और अंडे से संगलित हो जाते हैं इसके कारण युग्मनज बनता है युग्मनज में तुरंत न्यूनीकरण विभाजन नहीं होता है और इसे एक बहुकोशिक बीजाणु उद्भिद स्पोरोफाइट बन जाता है स्पोरोफाइट मुक्तजीवी नहीं है बल्कि यह प्रकाश संश्लेषी संश्लेषीभिद से, से जुड़ा रहता है और इससे अपना पोषण प्राप्त करता रहता है स्पोरोफाइट की कुछ कोशिकाओं में न्यूनीकरण विभाजन होता है जिससे अंगुणित अंगुणित बीजा बीजाणु अंकुरित तो होकर युगमकोदिद में विकसित हो जाते हैं बायोफाइट का बहुत कम अर्थ आर्थिक महत्व है लेकिन कुछ मौसम शाकाहारी स्तनधारियों पक्षियों तथा तो अन्य प्राणियों को भोजन प्रदान करते हैं स्पेगनम की कुछ स्पेसीज जाति पीठ तो प्रदान करती है जिसका उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं इसका उपयोग पैकिंग में और सजीव पदार्थों को स्थानांतरित करने में भी करते हैं इसका कारण यह है कि इनमें पानी को रोकने की क्षमता बहुत अधिक होती है लेकिन समेत मौसम सर्वप्रथम ऐसे सजीव हैं जो चट्टानों पर उगते हैं इनका परिस्थितिक दृष्टि से बहुत महत्व है उन्होंने चट्टानों को अपगठित किया और अन्य उच्च कोटि के पौधों को उन्हें के अनुरूप बनाया, क्योंकि मौसमी पर एक सघन परत बना देते हैं, इसलिए वर्षा की बौछा ने मृदा को अधिक हानि नहीं पहुंचा पाती और इस प्रकार ये मृदा अपक्षरण को रोकते हैं बरायोफाइट को लिबर तथा मौसम में विभक्त कर सकते हैं तीन दशमलव लिवरबोर्ट प्रायः नमी छायादार स्थानों जैसे नदियों के किनारे दल तले तस्थानों गिली मिट्टी पेड़ों की छालों आदि पर उगते हैं लिवरब की पादपकाई थैलासाब मार्केशिया होती है थैलासाब पृष्ठ होते हैं तथा अधर बिल्कुल चिपके रहते हैं इसके पतिदार सदस्यों में पतियों की तरह की छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जो तनिक की तरह की रचना पर, रचना पर दो कतारों में होती है लिबोव में अलैंगिक जनन थैलस के विखंडन अथवा विशिष्ट संरचना जेमा द्वारा होता है जेमा हरी बहुकोशिक अलैंगिक कलियां हैं ये छोटे छोटे पात्रों जिन्हें जेमा कब कहते हैं में स्थित होती हैं, ये अपने पैतृक पादप से अलग होते हो जाती हैं और इससे एक नया पाद, पादप आता है लैंगिक जनन के दौरान नर तथा मादा लैंगिक या या या तो तो तो उसी या तो उसी पर थले, पर बनते बनते अथवा दूसरे हैं में एक तथा होता है के बाद कैप्सूल में स्पोर बनते हैं स्पोर से अंकुरण होने के कारण मुक्त जी, जी युग मुकुद बनते हैं तीन दशमलव दो दशमलव दो, दो, संग दो जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था युग्मिद होती है जिसकी दो अवस्थाएं होती हैं वही अवस्था प्रथम तंतु है जो स्पोट से बनता है यह विस, विसर्पी हरा शाखित तथा पराया तंतुमयी होता है इसकी दूसरी अवस्था पत्ती की तरह की होती है जो प्रथम तंतु से कली के रूप में उत्पन्न होती है इसमें एक सीधा पतला तना होता है जिस पर सर्फिल रूप में पत्तियां लगी रहती हैं। यह बहुकोशिक तथा द्वारा मिट्टी से जुड़ी रहती है। इस अवस्था में लैंगिक होते हैं मौसमी कायिक जनन द्वितीय द्वितीय प्रथम तंतु के विखंडन तथा मुकुलन द्वारा होता है लैंगिक जनन में लैंगिक अंग पुनधानी तथा स्त्रीधानी पत्तीदार परोह पर की चोटी पर स्थित होते हैं। हैंचन के बाद से एस्पोरोफाइट विकसित होता है जो पाद, पादशीता तथा तो कैप्सुल में विभेदित रहता है मॉस में एस्पोरोफाइट लिवर की अपेक्षा अधिक विकसित होता है कैप्सुल में स्पोर होते हैं म्यूसिस के बाद स्पोर बनते हैं मॉस में स्पोर विकिरण की बहुत विस्तृत प्रणाली होती है इसके सामान्य सदस्य फ्यूनेरिया पोलिटेराइकम तथा स्वग्नम होते हैं चित्र तीन दशमलव में दर्शाया गया है तीन दशमलव तीन टेरिडो फाइट।, फाइट का सजावट में बहुत अधिक आर्थिक महत्व है पुल वाले अधिकांश फर्न का उपयोग सजाने में करते हैं और सजावटी पौधे के रूप में उगाते हैं विकास की दृष्टि से ये स्थल पर उगने वाले सर्वप्रथम पौधे हैं जिनमें संवहन उतक जाइलम तथा फल होते हैं आप इन उतकों के विषय में विस्तार से अध्याय छः में पढ़ेंगे जीवाश्मी रिकॉर्ड के अनुसार टेरिडोफाइट तीन मिलियन वर्ष पूर्व प्रभावी वनस्पति थे और वे तने रूपी थे टेरिडोफाइट के अंतर्गत हॉर्स टेल तथा फर्न आते हैं टेरिडोफाइट ठंडे गीले छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं यद्यपि कुछ रेतीली मिट्टी में भी अच्छी तरह उगते हैं आपको याद होगा कि बरायोफाइट के जीवन में युग्मिद प्रभावी अवस्था हो होती है चित्र तीन दशमलव तीन लेकिन ट्रेडिडोफाइट में मुख्य पादपकाई स्पोरोफाइट हैं जिसमें वास्तविक मूल तना तथा पत्तियां होती हैं इन अंगों में सुस्पष्ट संवन उतक होते हैं टेडिडोफाइट में पत्तियाँ छोटी लघुपर्ण उदाहरणतः सिलेजी अथवा सिलेजिनेला अथवा बड़ी हो सकती है जैसे फर्न स्पोरोफाइट में बीजाणुधानी होती हैं, जो पति की तरह के प्रतीजाणुपर्ण पर लगी रहती हैं। कुछ टेरिडोफाइट में बीजाणुपर्ण सघन होकर एक स्पष्ट रचना बनाते हैं जिन्हें शंकु कहते हैं उदाहरणतः सिले, सिलेजिनेलाटम बीजाणुधानी के स्थित बीजाणुमात्री शिका में अधिकांशतः पर प्रकाश संश्लेषी युग्मिद बनाते हैं जिसे प्रोथ कहते हैं इन इनको भीद को उगने के लिए ठंडा गीला छायादार स्थान ठंडाई गीला तथा छायादार स्थान चाहिए इसकी विशिष्ट सीमित आवश्यकताएँ और निषेचन के लिए पानी की आवश्यकता कम होने के कारण जीवित टेरिडोफाइट का फैलाव भी सीमित है और कम भौगोलिक क्षेत्रों पर तक सीमित है युगमको भिद के नर तथा तो मा, माता अंग होते हैं जिन्हें तथा स्त्री धानी कहते हैं स्त्री धानी पहुंचने के लिए पानी की आवश्यकता होती है स्त्रीधानी में स्थित अंधे से नर युग्मक सन, संगलन, हो संगलन हो जाता है और युगम युगमनज बनता है उसके बाद युग्मनज से बहु तो स्पष्ट स्पोरोफाइट बन जाता है जो टेरिडोफाइट की प्रभावी अवस्था है यह यद्यपीय अधिकांश टेरिडोफाइट में जहाँ स्पोर एक ही प्रकार के होते हैं उन पौधों को सम बीजाणु बीजाणुक कहते हैं सिलेजिनेला साल्विनिया में दो प्रकार के बृहद बड़े तथा लघु छोटे स्पोर बनते हैं इन्हें विषम बीजाणु कहते हैं बड़े विरिहत बीजाणु मादा तथा छोटे लघु बीजाणु मादा तथा नर बन जाते हैं। ऐसे पौधों में मादा मादाद अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पैतृक एस्पोरोफाइट से जुड़ा रहता है मादा युग में युग्मनज का विकास होता है जिससे एक नया पूर्ण बनता है यह घटना बहुत महत्वपूर्ण समझी जाती है जो बीजी प्रकृति की ओर ले जाती है टेरिडोफाइट के चार वर्ग क्लास होते हैं साइलोपसीडा साइलोटम लाइकोप्सिडा सिलेजिनेला तथा लाइको, लाइकोपोडियम स्पीटिडा इक्विशिटम तथा टूरोप्सिडा ड्राइप टेरिस टेरिस एंड एडिएंटम, तथा एडिएंटम, तीन दशमलव चार जिम्नोस्पर्म जिम्नोस्पर्म जिम्नोस अनावृत स्पर्म बीज ऐसे पौधे हैं जिनमें बीजांड अंडाशय भित्ति से ढके हुए नहीं होते और ये निषेचन से पूर्व तथा बाद में भी अनावृत्त ही रहते हैं जिम्नोस्पर्म में मध्यम अथवा लंबे वृक्ष तथा झड़िया होती हैं चित्र तीन दशमलव चार जिम्नो स्पर्म का सुकोआ वृक्ष सबसे लंबा है इनकी मूल प्राया मुसला मूल होती है इसके कुछ जिन्हस की मूलो इसके कुछ जीनेस की मूल कवक सहयोग कर लेती है जिसे कवक मूल कहते हैं उदाहरण पाइनस जबकि कुछ अन्य अन्यों की छोटी विशिष्ट मूल नाइट्रोजन स्तर करने वाले साइनोबैक्टीरिया के साथ सहयोग कर लेती है जिसे प्रवाल मूल कहते हैं उदाहरणतः साइकस इसके इतने अशाखीय साइकस अथवा शाखित पाइनस सीडर, होते हैं उनकी पत्तियाँ सरल तथा संयुक्त होती हैं साइकस में पिछाकार पत्तियाँ कुछ वर्षों तक रहती हैं जिम्नास्पर्म में पत्तियाँ ता अधिक तापनामी तथा वायु को सहन कर सकती हैं शंखुआकार पौधों में पत्तियाँ सुई की तरह होती हैं इनकी पत्तियों का सतही क्षेत्रफल कम मोटी क्यूटिकल तथा गणतिक गर्ति, रंध्र होते हैं इन गुण, गुण के कारण पानी की धानी कम होती है। दोजाणु उत्पन्न होते हैं बीजाणुधानी बीजाणुपूर्ण पर होते हैं बीजाणुपूर्ण सर्फिल की तरह बने तने पर लगे रहते हैं ये सलथ अथवा सघन शंकु बनाते हैं शंखु जिन पर लघु जा, बीजाणुपूर्ण तथा लघु होती है। उन्हें धानी, हैं, उन्हें लघु धानिक अथवा नर शंखु कहते हैं प्रत्येक लघु बीजाणु से नर युग्मिद संति उत्पन्न होती है जो बहुत ही न्यूनीकृत होती है और यह कुछ की कोशिकाओं में सीमित रहती है इसे न्यूनीकृत नर में कहते पराग हैं का विकास लघु होता है है जिस शंकु पर गुरु गुरु पर्ण तथा होती है। उन्हें गुरु बीजाणुधानी अथवा मादा शंकु कहते हैं दो प्रकार के नर अथवा मादा शंकु एक ही वृक्ष पाइनस अथवा विभिन्न वृक्षों पर साइकस पर स्थित हो सकते हैं गुरु बीजाणु मातृ कोशिका बीजांड का की एक कोशिका से विभेदित हो जाता है बीजांड का एक स्तर द्वारा सुरक्षित रहता है और इस सघन रचना को बीजांड कहते हैं बीजांड गुरु बीजाणुपूर्ण पर होते हैं जो एक गुच्छा बनाकर मादा शंकु बनाते हैं गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में म्योशिश द्वारा चार गुरु बीजाणु बन जाते हैं गुरु बीजाणुधानी बीजाण स्थित अकेला गुरु बीजाणु मादा युगमकोदिद में विकसित होता है इसमें दो अथवा दो से अधिक स्त्रीधानी अथवा मादा जनन अंग होते हैं बहुकोशिक मादा युगमकोदिद भी गुरु बीजाणुधानी में ही रह जाता है में दोनों ही नर तथा मादा माता टेलीफाइट की तरह स्वतंत्र नहीं होते वे पर स्पोरो में ही रहते हैं में बीजाणुधानी से परागकण बाहर निकलते हैं ये गुरु बीजाणुपूर्ण पर स्थित बीजांड तो के छिद्रों तक हवा द्वारा ले गए ले जाए जाते हैं परागकन से एक प्राग नली बनती है इसमें नर होता है यह स्त्री धनी की ओर जाती है और वहां पर शुक्राणु छोड़ देती है। है, है के बाद बनता है। जिससे विकसित विक होता है और बीजाण से बीज बनते हैं ये बीज ढके हुए नहीं होते तीन पॉइंट पांच पुष्पी में अथवागन तथा विशिष्ट रचना के रूप में विकसित होते हैं जिसे पुष्प कहते हैं जबकि जिम्नोस्पर्म में बीजंड अनावृत होते हैं एंजीओ स्पर्म पुष्पी पदप हैं, जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं यह पदपों में सबसे बड़ा वर्ग है उनके वास स्थान भी बहुत व्यापक है इनका माप सूक्ष्मी जीवों से लेकर सबसे ऊंचे वृक्ष एक 100 मीटर से अधिक ऊंचाई तक होता है इनसे हमें भोजन चारा ईंधन व औषधिया तथा अन्य दूसरे आर्थिक महत्व के उत्पाद प्राप्त होते हैं ये दो वर्गों द्वी बीज पतरी तथा एक बीजपत्री में विभक्त होते हैं जो बीजपत्री पौधों की पहचान बीजों में दो के के होने, में रूपी शिरा विन्यास तथा पुष्पों चतुष्टीय, चतुष्टीय चतुष अथवा पंचटीय होने, अर्थात पुष्प के प्रत्येक पुष्पीय चक्र में चार अथवा पांच सदस्यों के होने के आधार पर की जाती है दूसरी ओर एक बीजपत्री पौधों में पौधों के बीज में केवल एक बीजपत्र का होना पति में समानांतर समान्यास एवं तृतीय त्रीट पुष्प अर्थात प्रत्येक पुष्प चक्र में तीन उपांग होना एक बीजपत्री पौधे पौधे के विशेष अभिलक्षण है दो बीजपत्री पौधों के बीजाणु बीजों में दो बीज पत्र पत्र होते हैं, जबकि एक एक पत्री में में पत्र होता है। ंग पुंकेसर लघु बीजाणुपत्र है प्रत्येक पुंकेसर में एक पतला तंतु होता है जिसकी चोटी पर प्रागकोष होता है परागकोष के अंदर पराग प्रा, मात्री शिका अर्ध सूत्र द्वारा विभाजित होकर लघु बनाती बनाती है, जो बनाती है। जो परिपक्व होकर पुष्प में मादा अंग, अथवा अंडप होते हैं स्त्री में आधार पर फूला हुआ अंडाशय तथा उससे जुड़ी हुई लंबी पत्नी वर्तिका एवं उसके शीर्ष पर वर्तिका, वर्तिकाग्र होता है अंडाशय के अंदर अंडक उपस्थित होते हैं सामान्यतः प्रत्येक अंडाशय में एक ग्रुप बीजाणु मात्री कोशिका होती है जो अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होकर चार अगुणित ग्रुप बीजाणु बनाती है जिनमें से तीन अविकसित हो जाती हैं और एक विभाजित होकर पूर्ण कोष बनाती हैं प्रत्येक पूर्ण कोष में तीन कोष अंड एक कोशिका तथा दो सहायक कोशिकाएं आपस में जुड़ी रहती हैं, जिससे द्विगुणित द्वितीयक केंद्र बनता है परागंड से निकलने के बाद हवा अथवा अन्य, अन्य एजेंसियों द्वारा स्त्री के सड़क वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित है जाते हैं इस को कहते हैं। पर अंकुरित होते हैं जिससे प्राग नली बनती है प्राग नली वर्तिकाग्र तथा वृत्कों वर्तिका के के बीच से होती हुई बीजांड तक पहुँचती है प्राग नली भूर्ण के अंदर जाती है जहाँ पर फटकर दो या दो नर युग्मों को छोड़ देती है इनमें से एक नर युग्मक अंध कोशिका से संगलित हो जाता है युग्मक संलयन एक युग्मनज बनाता है। युगमल दूसरा नर युग्मक द्विगुणित द्वितीयक दुणित केंद्र से संगलित करता है जिसे त्रिगुणित प्राथमिकोष केंद्रक बनता है लिसनल चूंकि इसमें दो संगलन होते हैं युग्मक संलयन संलयन संलयन का वाली इसलिए इसे द्विनिषेचन कहते हैं द्विनिषेचन एंजियोस्पर्म का अद्वितीय गुण है युगम जिसे एक अथवा दो बीज हो सकते हैं में विकसित हो जाता है और पाथ में पो, में भ्रूण विकसित हो जाता है। विकास है। विकासशील को पोषण प्रदान करता इन घटनाओं के दौरान बीजांड में बीजांड से बीज बनना बन जाते हैं तथा बीजांड तथा अंडाशय से फल बन जाता है विशेषण के बाद सहायक सा, कोशिकाएं तथा शांत को कोशिकाएं लुप्त हो जाती हैं। के जीवन चक्र को चित्र तीन में दर्शाया गया है तीन दशा छह जीवन चक्र तथा संतति तथा या पीढ़ी एकांतरण पादप में अगुणित तथा द्विगुणित कोशिकाएं माइटो सिस द्वारा विभक्त होती हैं, इसके कारण विभिन्न काय अगुणित तथा द्विगुणित बनते हैं अगुणित पादपकायी माइटोसिस द्वारा युग्म बन, बनाते हैं इसमें पादपकाय होता है विशेषण के बाद युगमनज भी माइटोसिस द्वारा विभक्त होता है इसके कारण द्विगुणित स्पोरोट पादपकायी बनता है इस पादपकाय में म्योसिस द्वारा अगुणित बीजाणु बनते हैं ये अगुणित बीजाणु मिभाजन द्वारा पुनः अगुणित पादपकाय बनाते हैं इस प्रकार किसी भी लैंगिक जनन करने वाले पौधों के जीवन चक्र के दौरान युग्मकों जो अगुणित युग्मोदिद बनाते हैं और बीजाणु जो द्विगुणित स्पोरो बनाते हैं के बीच संति यात्रण होता है यद्यपि विभिन्न वर्गो तथा उनकी में निम्नलिखित प्रदर्शित पाया जाता है। एक संतति में केवल एक कोशिका वाला युग्मनज होता है उसमें कोई मुक्त जीवी स्पोरोट नहीं होता युग्मनज में म्यूसिस विभाजन होता है जिससे अगुणित बीजाणु बनते हैं अगुणित बीजाणु में माइटोटिक विभाजन द्वारा युग्मकोद्भिद युग्मकोद्भिद बनते हैं। हैं। ऐसे ऐसे में, ऐसे में में पौधों होते हैं। इस प्रकार के जीवन चक्र को अगुणित कहते हैं बहुत से शैवाल जैसे वॉलॉक्स स्पाइरो तथा क्लेमाइडोमोनास की कुछ स्पीसीज में इस प्रकार का पैटर्न होता है चित्र तीन ए दो, कुछ ऐसे उदाहरण भी हैं हाँ में द्विगुणित प्रकाश मुक्त होता है एक अथवा कुछ, कुछ अगुणित होते हैं जीवन चक्र की इस अवस्था को दुणि दुणि दुणि दुणि दुणि द्विगुणित करते हैं एक शैवाल फ्यूक इसी पैटर्न का प्रतिनिधित्व करती है चित्र तीन दशमलव सात बी साथ ही सभी बीजीय पद जिम्न स्पर्म वीवस्पर्म इसी पैटर्न का अनुसरण करते हैं जिसमें युग्मिद अवस्था तथा कुछ कोश से बहु कोश होती है बिंदु पढ़ाइट तथा में अवस्था, अर्थात दोनों प्रकार की अवस्थाएं देखने को मिलती हैं दोनों दोनों के दोनों ही अवस्थाएं बहु होती है, लेकिन उनकी प्रभावी अवस्था में भिन्नता होती है एक प्रभावी मुक्त प्रकाशित अथवा सीधी अवस्था अगुणी अगुणी तक युगमकुदिद में होती है यह एक और यह अल्प आयु भी जो पूर्ण अथवा आंशिक रूप से जुड़े रहने तथा पोषण के लिए पर निर्भर करते हैं। पीढ़ी एकांतरण करता है, सभी में ऐसा ही पैटर्न होता है द्विगुणित बीजाणु उद्भिद प्रभावी मुक्त प्रकाश संश्लेषी होता प्रकाशनशीलेश बहुकोशिक मृत स्वपोषी मुक्त लेकिन अल्पायु में विद से एकांतरण करता है ऐसे पैटर्न को अगुणित जीवाणु चक्र कहते हैं तीन दशमलव सात सी इसके इसके कुछ अपवाद हैं अधिकांश सवाल में अगुणित पैटर्न होता है उनमें से कुछ ऐसे जैसे एक्टो अब अग तक गुनी पैटर्न होते हैं एक है जिसमें तक पैटर्न होता है सारांश पादप, पादप जगत में शैवाल टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म तथा एंजियपर्म आते हैं सवाल में क्लोरोफिल होता है स्वपोषी तथा मुख्यतः जलीय होते जीव है वर्ण के प्रकार तथा भोजन संग्रह के प्रकार के आधार पर शैवाल सह, को तीन वर्गों क्लास में विभक्त किए गए हैं यह है, है कलोरो फियोफाइसी तथा रोडोफाइसी शैवाल प्राय विखंडन द्वारा प्रवर्धन करते हैं अलैंगिक जनन में विभिन्न प्रकार के बीजाणु द्वारा तथा लैंगिक जनन लैंगिक कोशिकाओं द्वारा करते हैं का विषम विषम तथा हो सकती है। ऐसे पौधे पौधे हैं हैं, जो मिट्टी में उगते लेकिन उनका लैंगिक जनन पानी पर निर्भर करता है शहवाल की अपेक्षा उनकी बाधपका अधिक विभेदित होती है यह थैलस की तरह होता है और यह थैलेस की तरह होता है और शैन अथवा सी सीधा हो सकता है ये मुलाक द्वारा सस्टेटम से जुड़े रहते हैं इनमें मूल की तरह तने की तरह तथा पत्तियों की तरह की रचनाएं होती हैं बायोफाइट लिपर तथा में विभक्त होते हैं तथा होते हैं मौसम सीधे पतले तने वाले होते हैं जिस पर पत्तियां सर्पिल ढंग से लगी रहती हैं ब्रायोफाइट की मुख्य काय कार्यमकोद्भिद होती है जो युगमकों को उत्पन्न करते हैं इसमें नर लैंगिक अंग होते हैं जिसे पुंधानी करते हैं मादा लैंगिक अंग को स्त्री धनी हैं नर तथा मादा युग्मक इससे पदा होते हैं जो संगलित होकर युग्मनज बनाते हैं युग्मनज से बहुकोशिक बहु रचना बनती है जिसे बीजाणु उद्भिद कहते हैं इससे अगुणित बीजाणु बनते हैं बीजाणुओं से युगमकोभिद बनते हैं टेरिडोफाइट में मुख्य पौधा बीजाणु उद्भिद होता है इसमें वास्तविक मूल्य तनाव तथा पत्तियां होती हैं इसमें सु, सुविकसित समाहन होते हैं बीजाणुद बीजाणुधनि होती है इसमें मियोसिस द्वारा बीजाणु बनते हैं बीजाणु अंकुरित होकर युगमकोदिद बनाते हैं इन्हें वृद्धि के लिए ठंडे नम स्थानों की आवश्यकता होती है युग्मकोदिद में युग्मकोदिद में नर तथा मादा लैंगिक अंग होते हैं जिन्हें कर्मश पुनधानी तथा स्त्री कहते हैं नर युग्मक के मादा युग्मक तक जाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है इसे के बाद युग्मनज युग्मनज बनता बनता है। से बनता है। से बीजाणु जीवन वे पौधे होते हैं जिनमें बीजाणु की किसी अंदाशय भित्ती से धक्का नहीं होता निसे के बाद बीज अनावृत्त रहते हैं और इसलिए इन्हें अनावृत बीजी पौधे कहते हैं जिम्नास्पर्ण में लघु बीजाणु तथा गुरु बीजाणु उत्पन्न करते हैं जो लघु धानी तथा गुरु धानी बीजाण में बनते हैं ये पर्ण में होती है अक्ष पर सर्पिल रूप में लगी रहती है जिनसे कर्मश नर शंकु तथा तो मादा शंकु बनते हैं परागकण अंकुरित होते हैं और नली बनाती है बनती है, है। बनती जिससे नर युग्मक में में निकल जाता स्त्रीधानी स्थित अंडकोशिका में से सन, संगलन हो जाता है विशेषण के बाद युग्मनज युग में तथा तो बीजांड बीज में विकसित हो जाता है जीव में नर लैंगिक अंग पुंकेश्वर तथा तो मादा लैंगिक अंग स्त्री के फूल में उत्पन्न होते हैं प्रत्येक पुंकेश्वर में एक तंतु तथा एक परागकोश होता है परागकोश में अर्धरंग सु, सु, के बाद परागकण नर नर युग्म बनते हैं स्त्री के सर में एक अंडाशय होता है जिसमें बहुत से बीजांड होते हैं बीजांड में मादा युग्मक अथवा होता है, कुछ होती है, है, है, जिसमें अंड होती में जाती है जहां पर वह दो नर नर को छोड़ देती है। एक अंड कुशिका से संगलन हो जाता है और दूसरा द्विगुणित त्री त्रिसंलयन से संगलन करता है इस दो संगलन को को कहते हैं एंजियोस्पर्म एंजियोस्पर्म के लिए अद्भुत है जिसमे अगुणित युग्मों तथा द्विगुणित बीजाणुद उत्पन्न करने वाले बीजाणुओं के जीवन चक्र में पीठी एकांतरण होता है लेकिन विभिन्न पौधों के वर्गो तथा पदों में जीवन चक्रगुणित द्विगुणित तथा मिश्रित प्रकार के पैटर्न हो सकते हैं अभ्यास प्रश्न और उत्तर थैंक यू वेरी मच